क्यों बदल रही है जब समझ को तू मिली है तब से है बड़ी हैरत Because bad love, bad love has a way to pass it. होगा कभी हम नहीं मानते थे हम हाँ अगर हम तुमको भी पहले का जानते थे मुश्किल नसीब मज तुरी फर्सत है तेरी आदते। इस कदर हुई है मुझको तेरे दिन गुजर बसर में हो गई दिक्कत है मादा बादा बचलते पैदा पैदा बुझे पदी